हेलो गाइज़ मेरा नाम है मुकेश माणिका और स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो so गाइज़ आज आपके लिए मैं कुछ डिफरेंट यूनिक चीज़ लेके आया हूँ जो मतलब आप मेरे एज के ग्रुप के जितने भी लड़के हैं लड़कियाँ हैं उन सबको पसंद आएगा और जो मुझसे छोटे हैं उन सब को भी पसंद आएगा जो मतलब जैसे मान लो आयरन मैन है उन सब के जो फैन हैं उन सबको पसंद आएगा आएगा और जिसको मैजिक पसंद है उसको तो डेफिनेटली आएगा ठीक है जैसे मान आयरन मैन आयरन मैन क्या करता है वो अपने हाथों से और निकालता है तो ये चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है अगर ये चीज़ हम अपने घर पे खुद ही कर पाएँ तो कैसा रहेगा क्यों आएगा ना मज़ा तो ठीक है इस चीज़ को हम घर पे ट्राई करते हैं और आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो लेकिन इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसमें हाथ जलने का रिस्क रहता है सवाई मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको लेना, लेना है? आपको लेना है एक सैनिटाइज़र क्या लेना है सैनिटाइजर जो हैंड सैनिटाइजर जो कोविड के टाइम में अभी यूज़ कर रहे हैं हम लोग और सेकंड आपको लेना है एक माचिस कोई भी ब्रांड हो चलेगा तो ये दोनों लेने के बाद में आपको क्या करना है सैनिटाइज़र को हाथ में फुल लगाना है थोड़ा गहरा ठीक है लगाने के बाद में इसको जला के हाथ पर लगा लेना है? इससे क्या हाथ पे फायर हो ये चीज़ मैं आपको करके कर दिखाता हूँ चलो सोईज ई ये देखे आपको कैसा लगा और कैसे लगा मेरी पावर तो भाई एक सजेशन देना चाहूँगा जो पहले मैंने दिया था सजेशन आपको कि आप घर पे ट्राई कर सकते हो और थोड़ा रिस्की है लेकिन भाई रिस्की नहीं बहुत ज़्यादा रिस्की है मैंने जब अपनी हाथ पे फायर लगाई थी तो मतलब जैसे हाथ अभी भी हल्का हल्का जल रहा है मेरा अगर थोड़ी देर और रहता तो मेरा हाथ पूरा जल भी सकता था इसीलिए मैं बोलता हूँ आप इस चीज़ को घर पे ट्राई मत करना प्लीज़ गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबाना मत भूलना और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए और बनाते रहूँ तो आप मेरे को मोटिवेशन देते रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नेक्स्ट लेवल के बनाते रहूँगा आपके लिए बाय